afar you and say me to badle do pehle kar main ka imaan mila main naam se banane aa gaya ko suni i am sabse tujh zindagi mein i am sabse मिले जो के धड़के मामला कुछ नहीं